देना चाहे मुझे देवे दे से भी प्यार तेरे से से भी भी प्यार, प्यार, तेरे तेरे से भी प्यार सुख दे दुख चाहे खुशी दे अगम चाहे सुख दे, या दुख, चाहे दे चाहे, दुख चाहे खुशी दे अगम दे दुख चाहे सुख देख चाहे खुशी चाहे, सुख देखे खुशी दे अगम मालिक जैसे भी रखेगा वैसे वैसे के चाहे चाहे चाहे हसी भरा चाहे हसी भरा भरा संसार संसार यह तू देना दे दे रे पड़ोसेरे पड़ोसे विचारेरे पड़ोसे भी mere pita tere kaanton se bhi dard पसंद है, प्रभु से भक्त कह रहा है हमको दोनों है पसंद पसंद दो है है पसंद पसंद तेरी तेरी तेरी छाओ, छाओ, छाओ, छाओ, हमको हमको हमको दोनों दोनों दोनों है पसंद तेरी छाओ। दोनों है है किसी दे दे चल जिंदगी किसी भी दे दे चल जिंदगी चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें लगा देता चाहे दे तू मजदार